नमस्कार आज आप लोगों को जो हम मिलाने जा रहे हैं ये शख्सियत हैं भरत चौधरी जी भरत चौधरी जी का आप देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना उम्र हो सकता है लगभग ये से अस्सी साल के बीच इनका उम्र है और उन्नीस से ये चाय का दुकान लगाए हुए हैं शुरू किए अपना छोटा सा चाय का दुकान इनका है और ये चाय का दुकान है सो आप देखिए एक जगह है एक बरिया इसको कचहरी चौड़ाह बोला जाता है और ये मोतिहारी का कचहरी है आप देखिए यहाँ पे कचहरी सेंटर है मोतिहारी का वहाँ पर ये भरत जी का छोटा सा चाय का दुकान है जो उन्नीस सौ से ये सिर्फ हमारा दिखाने का मकसद ये है कि देखिए जो आज भी जो बुज़ुर्ग लोग हैं जो पुराने लोग हैं वो कितना परिश्रम करते हैं और आज भी हमारे ज़्यादातर यूथ है जो इस ठंड में घर में अपने रजाई में दुबके हुए हैं और बुज़ुर्ग जो हैं पुराने आज जो आज लगभग भड़त जी का उम्र आप खुद अंदाज़ा देख के ही लगा सकते कि भड़त जी लगभग अस्सी के आस हैं और आज भी चाय बना कर छोटी सी चाय का दुकान देखिए मेरा दिखाने का मकसद ये है कि मैं चाहता हूं वीवर्स को वाई और यहाँ चाय ज़रूर पिए सब लोग आकर यहाँ पर मोतियारी के कचहरी के आसपास के जो हैं क्योंकि ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए और भरत जी इस छोटी सी चाय के दुकान से आज भी अपने परिवार के पोता पोती तक का खर्च दे रहे हैं माने आप सोचिए कि एक बच्चे बच्चे के बच्चे का भी खर्च चला रहे हैं तो मैं भरत जी से बात करना चाहूँगा भरत जी कुछ अपने विषय में बताइए अपना विषय में क्या बता रहे हैं कमा रहे हैं खा रहे हैं अपना बेटा बेटी का शादी ब्याह कर लिए और बना लिए इसी छोटे से चाय के दुकान से इस छोटे से चाय के दुकान से इन्होंने भरत जी अपने बच्चों का सब शादी विवाह भी कर चुके हैं और इसी छोटी सी, सी चाय के दुकान से <स्थाथ> बच्चों के बच्चे का भी खर्च चला रहे हैं तो ये भरत जी जो है देखिए कितना परिश्रम करते हैं तो भरत जी का जो कहना है कि इन्होंने उन्नीस से ये काम कर रहे हैं आई छोटे से चाय का दुकान आप देख रहे हैं हमारे समझ से मुश्किल से इस चाय का दुकान का कॉस्टिंग हम लगाएं तो दो हज़ार का दुकान ढाई हज़ार का दुकान होगा ये ढाई के दुकान से भरत जी ने पूरे परिवार अपने बच्चों की शादी भी कर दी है या उनके बच्चों की आज पढ़ाई लिखाई परवरिश भी कर रहे ये बुज़ुर्ग जो व्यक्ति हैं भरत जी इनके पास किसी ने मुझे बोला था कि वहाँ पे एक बार जाइए तो मैं एस सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि युवाओं को ऐसे बुज़ुर्ग से प्रेरित लेना चाहिए प्रेरणा लेना चाहिए ऐसे लोग प्रेरणा के एक के बोला जाए तो बहुत बड़े अपने प्रेरक हैं बहुत बड़े मैंने एक बुजुर्गों में ऐसे प्रेरक हैं जो ना पढ़े लिखे हुए कर भी प्रेरक रूप में अपने कार्य के बदौलत अपने परिश्रम के बदौलत दूसरों को सीख दे रहे हैं भरत जी मैं सिर्फ आपसे दो तीन बातें हम करना चाहेंगे कि बच्चे लोग क्या करते हैं बच्चे लोग काम करता है हनुमान आराधना में अपना बाजा उजा रखता है कमाता है सोचते अब सीखता है वो है तो अपना कोई बिजनेस करता है वो हमसे हमको दिमाग में वो नहीं है है मैंने आप ये सोचिए कि बुजुर्ग को ये भी नहीं पता है हमारे एक हनुमान आराधना करते एक घर में क्या बच्चे करते मतलब ये है कि सिर्फ भरत जी अपने काम में इतने व्यस्त हैं आप कितने बजे भरत जी आ जाते हैं हम हाँ, या चार बजे भोर में आ जाते हैं आप सोचिए है। सोच के भी आप देखिए शरीर ने इस ठंड के मौसम में जब पारा इतना कम है जो तो रजाई से लोग नौ बजे आठ बजे ड्यूटी जाते वक्त निकलते हैं भरत जी सुबह चार बजे आ जाते हैं चार बजे से कितने बजे तक रहते हैं हम यहाँ से छः बजे तक रहते हैं चार बजे से छः बजे सुबह चार बजे आप सोच रहे हैं सुबह चार बजे ये बुजुर्ग व्यक्ति अपनी चाय की दुकान खोल देते हैं और सुबह चाय बज चार बजे से लेकर छः बजे तक रहते हैं चलिए मैं कुछ बातें करता हूँ आप कब से आते हैं यहाँ पर कब से आ रहे हैं पहली बार आए आप पहली बार आए हैं फर्स्ट टाइम आए हैं आप लोगों में से मैं आप चाय पीने रहे भरत जी के पास कब से आ रहे हैं बहुत दिन से हम लोग अब बुढ़ा हो बचपन से देख रहे हूँ आपका क्यों नाम मोहम्मद अलाउद्दीन मोहम्मद अलाउद्दीन जी है मोहम्मद अलाउद्दीन जी का कहना है हम बचपन से इनके यहाँ चाय पीने आ रहे हैं और देख रहे हैं इनको चाय बेचते हुए तो मोहम्मद अलाउद्दीन जी मैं जानना चाहता हूँ क्या भरत जी शुरू से ही ऐसे ही है ही चाय बेचते हुए शुरू से ही संघर्ष भरत जी कर रहे हैं तो देखिए मैं इसलिए अलाउद्दीन जी से बात किया कि देखिए भरत जी शुरू से ही संघर्ष कर रहे हैं और एक छोटी सी दुकान से सुबह चार बजे आते हैं और चार बजे से आके छः बजे तक रहते हैं और इतना परिश्रम करते हैं देखिए भरत जी का आप खुद दूरी से मैं भरत जी को दिखा रहा देखिए भरत जी को देख के आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं शारीरिक रूप से भी भरत जी उतने मजबूत नहीं हैं लेकिन देखिए परिश्रम से नहीं थक रहे हैं कि कहीं ना कहीं सभी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है देखिए संपत्ति से कोई बड़ा नहीं होता बड़ा सोच से होता है कि भरत जी किसी पे आश्रित नहीं है उन्हें अपने आप पे अबिश्वास है तो आइए मैं इधर से ही बात आप आप ए, यहीं पे रहते हैं आप क्या करते हैं जोर आ, से बोलिए हम सर रेस्का चलाते हैं रेस्का चलाते हैं रिक्शा चलाते हैं आप ही भरत जी भरजी के यहाँ चाय पीने आते हैं हमेशा कब से आते हैं लगभग पैंतीस परसेंट पैंतीस साल हाँ अब देखिए ये जो बाबा हैं पैंतीस साल से रिक्शा चला रहे हैं और भरत जी के यहाँ चाय पीने आते हैं बाबा आपके बच्चे क्या करते हैं सड़क पर आते हैं सर सड़क पर बालू बालों गिराते हैं बालू वाले गिराते हैं आपका उम्र कितना होगा हमारी उम्र सर। है सर पैंसठ के करीब है पैंसठ के करीब आपका उम्र है कितने बजे आते हैं रिक्शा चलाने हम सर तो आते हैं साढ़े नौ नौ बजे करीब देखिए बड़े जी के साथ एक लोग आए सज्जन से बाबा से मुलाकात हो गई जो सुबह करीब करीब ये भी साढ़े नौ दस बजे ये भी आते हैं चाय ए, इनके पास रिक्शा चलाते हैं और चाय पीने आते हैं पैंतीस साल से भी रिक्शा चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं तो कहा जाता है ना ईमानदारी जो लोग होते हैं ईमानदारी करने वाले जो लोग होते हैं ईमानदार जो लोग होते हैं वो परिश्रम से नहीं घबराते हैं अपने काम को करते रहते हैं ये देखिए फल वाले हैं भैया फल वाले से मैं भरत जी के संदर्भ में बात करना चाहूँगा भैया भरत जी को आप कब से जानते हैं बहुत बीस साल से जानते हैं आप भी 20 साल से यहाँ फल की दुकान चला रहे हैं हाँ। ये भी भैया 20 साल से फल की दुकान अपने चला रहे हैं कचहरी चौराहे पे अभी भरत जी को जानते हैं।, जानते हैं 20 साल से भरत जी को देख रहे हैं हाँ। चाय बेचते हुए हाँ। तो देखिए कहीं ना कहीं इस चीज़ें दिखाने का मेरा मतलब ये है कि देखिए ऐसे ऐसे लोग इस धरती पर हैं जो कभी हिम्मत नहीं हारते हैं और संघर्ष करते रहते हैं और भरत जी उसी में से एक नाम है जो आज शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हुए भी कभी अपने आप को कमज़ोर नहीं अंदर से समझे और इस छोटी सी चाय के दुकान से अपने बच्चों को बच्चों को बच्चों को भी दो खानदान को पाल रहे हैं तो आइए भरत जी से भरत जी आप एक चीज़ बताइए हमें ये बात कि आखिर अच्छा आपके घर में आपकी पत्नी हमारा पत्नी हो गया है आठ बरस आपाई हो गया है दिया अब देखिए ये कष्ट बोला जाता है ना देखिए दूसरे रहते हैं तो रोते हैं दस जगह बातें करते हैं देखिए भरत जी के साथ इतने कष्ट है बच्चों के बच्चों को भी पाल रहे हैं और भरत जी की पत्नी आठ साल से लकवाग्रस्त हैं आठ साल से बिछावन पे पड़ी हुई हैं और उसमें भरत जी सुबह चार बजे आते हैं और चार बजे से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं तो साथियों मैं इसीलिए आप लोग को दिखा रही यदि आप मोतिहारी के हैं तो भरत जी को ज़रूर सपोर्ट करिए अब भरत जी के यहाँ चाय पीने जरूर आया करिए क्योंकि आप लोगों के बदौलत ही भरत जी अपने परिवार को सबको लेकर चल रहे हैं और भरत जी जैसे व्यक्ति बनने की कोशिश हम जो लोग छोटे जिनके पास रोज़गार नहीं है छोटे छोटे रोज़गार करना चाहते हैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं वो तो भरत जी जैसा छोटे छोटे रोज़गार करें और सुबह चार बजे उठ मतलब कि परिश्रम करना सीखें मेहनत करना सीखें मेहनत से नहीं भागें धन्यवाद साथियों देखिए भरत जी के चाय के दुकान पे ये सभी लोग हैं जो यूथ है आज के यूथ है जो कहीं ना कहीं बुजुर्गों से जुड़े हुए हैं और बुज़ुर्गों के साथ हैं देखिए आर्थिक रूप से कोई दूसरा तो ऐसे स्वाभिमानी भरत जी जैसे लोग हैं जो किसी से दान और दक्षिणा नहीं लेते बल्कि अपनी चाय बेच ही उ, चाय बेच वो कमा रहे हैं अर्जन कर रहे हैं और हम जानना चाहेंगे आपका सर नाम क्या है अमरिंदर पाठक पाठक जी कुछ हमें बताइए अपने कब से आ रहे हैं यहाँ पर यहाँ मैं काफ़ी दिन से आता हूँ यहाँ पर और अंकल जी बहुत अच्छे आदमी हैं अपने जीवन पालने के लिए जो चाय बनाते हैं और बच्चों को पढ़ते हैं और ऐसा अच्छा इनकम बिजनेस चलता है अच्छे से रहते हैं और त्योहार जो इन की आप क्या संदेश देना चाहेंगे मैं संदेश नहीं चाहता हूँ कि हाँ जो भी गरीब बंदे बुज़ुर्ग आदमी हैं वो अपने कोई ना कोई काम करके अपने बच्चों को जो तो है उपार्जन कर सके बच्चों को शिक्षा देकर आगे बढ़ा तो कैसे भरत जी भरत जी जैसे लोगों को कैसे सपोर्ट करेगा कोई ये तो बुध आदमी तो बहुत कम लोग सपोर्ट करता है लेकिन इसमें जो, जो समझदार बंदे हैं उनको जो है सपोर्ट करते हैं मेहनत करते हैं अच्छा से इनको बोलें एर... तो यही मैं यही चाहूँगा कि मेरे यू यूथ जो है ऐसे शहर में मोतिहारी शहर में जितने बुजुर्ग लोग जहाँ जहाँ भी छोटे छोटे दुकान लेकर व्यवसाय लेकर बैठे हुए हैं चाहे छोटा सब्जी का दुकान हो चाहे फल फ्रूट फल फ्रूट का दुकान हो किसी प्रकार का शॉप हो जो मोतिहारी में कहीं भी गली में कहीं भी दुकान खोल के बैठे हैं उनके यहाँ जाकर ख़रीदारी करें बुज़ुर्गों के यहाँ ख़रीदारी करने में शर्म ना करें जो बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर बहुत बड़े बड़े जगह जाकर वो अपना फैशनेबल स्टाइल्स में जो ख़रीदारी करते हैं अपने स्टेटस बनाते हैं उस स्टेटस में से 10 परसेंट स्टेटस जो है गरीबों के यहाँ वो खर्च करें अपने पैसे की जो जमा पूंजी है उसमें से दो पूंजी इन गरीबों के यहाँ ख़रीदारी कर कर जो भी हो चाय पीना हो कोई चीज़ खरीदना हो ताकि बुजुर्गों का परिवार चल सके क्योंकि इनके पास दूसरा कोई आशा नहीं है इनके पास वहीं एक आशा है हम सभी हैं आप सभी हैं आप ही लोग इनको सपोर्ट कर सकते हैं हम इन लोगों के उसे बढ़ाना है ना इन लोगों का हम ही बढ़ाएंगे ना इनको रोजगार बढ़ेगा ना जी जी तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी व्यक्तिगत स्तर पर अपने जानने वाले सबको ये बोला करें कि ऐसे बुजुर्गों के यहाँ चाय पिए जो खरीदारी करना है खरीदारी करें और सपोर्ट करें ठीक है थैंक यू